बोली जाओ हैसी ना चुपदे परि नाच करती है उनके गले में आर उड़ते हैं इसमें आंसुओं के तार गले में आर उड़ते हैं उन्हें कल चेल होता है जो इस देखा को सुंदर बुला से चूना नहीं कानी हजार की है।, हैं हमने से तो है, दिल लगी अच्छी है पर दिल पंद्री लगी अच्छी नहीं बुद्धि तो की लगी पे दिल गया है दिल लगी अच्छी नहीं, नींद कैसे तेरी मुझ पे तेरी इसका मुझे मुझ पे